दोस्तों आज हम खाना में बिरयानी लाए थे अभी ये लोग बिरयानी खा रहा है अभी मैं खा लिया खाना देख सकते हो ये लोग खाना खा रहा है अभी मेरे साथ ही ये मुझे ऊपर कुछ बात पर गुस्सा हो गया और पता नहीं कितना सुलो खा रहा खाना खा रहा है ये दोनों देख सकते हो कितना सुलो खा रहा है मरे हुए बीमार के जैसा खाना खाते एकदम ढीला आदमी देख सकते हो देखिए कि भाई ये बदतमीजी क्या कर खाना खाते कि लिल्ली खुझ है हम लुल्ली खुजला रहा है फिर खाना खा रहा है देख सकते हो कितना सुलो ऐ ऐसा लगता हाथ में कुछ हो गया पता नहीं क्या हो गया अच्छा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करे